दो तरीके से आदमी बदलता है या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है लेकिन मैं आपको तो बता दूं कड़वा शब्द खुद बदल गए तो ठीक समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी बेटर है कि सांड की तरह दस बजे तक सो रहे बीवी कह रही है उठ उठ, उठ कोशिश भी कर रही है देख लो चला ही नहीं गया हो कहीं नाक पे हाथ भी ऐसा सांड मण के सोया है आप देखो लोगों को दिनचर आप दिनचर आदमी की दिनचर्या बता देगी कि जिंदगी में कहा जाएगा नौ बजे तक सो रहा है संडा का संडा हाँ आप देखो और ऐसा नहीं कि दो बजे आया कहीं से काम करके सोया भी दस बजे था रात में बारह घंटे की नींद चाहिए इस कमीने को मैं बता दूं आप देखो मैं बता दूं आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे